मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी शर्मा ने कटनी भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी शर्मा ने कटनी पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर याद किया कटनी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णु शर्मा ने भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया इससे पहले शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए इस मौके आरोप स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी विष्णु शर्मा ने कटनी में अपने संसदीय कार्यालय सांसद सुविधा केंद्र पर भी झंडा बंदन किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कटनी पुलिस लाइन में शहीदों को नमन किया और कहा उन सभी जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमको सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी